एक फोन को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए एक प्लग और एक चार्जर चार्जर डालते ही फोन चार्ज हो जाता है लेकिन क्या आपने सुना है कि यूरिन से भी फोन चार्ज होता है जी हाँ दोस्तों यूरिन से भी फोन चार्ज होता है ये देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट यूरिन से फोन चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने यूरिन में एक खास तरह का केमिकल डाला जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद एमिनो एसिड एनर्जी उत्पन्न करता है और उसकी मदद से फोन चार्ज करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल बिजली से भी ज्यादा महंगा है